हेलो दोस्तों वेलकम बैक तो आज हम फिर से एनालिसिस करेंगे अल्ट कॉइंस का फटाफट फड़ जो भी ऑनलाइन है हाई कर दो हाई कर दो से हाई कमेंट में हाई डाल दो स्टार्ट करते दो मिनट में और अपने कॉइन्स का नाम डाल देना एक एक टाइम पे एक ही कॉइन डालना बिकॉज सब लोगों को चांस चाहिए और हम करेंगे हर कॉइन का एनालिसिस करेंगे लेकिन एक टाइम पर एक ही कॉइन डालना ठीक है अभी हम स्टार्ट करते सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जस्ट होल्ड कीजिए और ठीक है तो सबसे पहले हम देखते हैं जीएमटी ओके जीएमटी अब हम देखने वाले हैं लिख देता हूं जीएमटी हम देखेंगे ओके ठीक है हाय डाल दो कमेंट में सब अभी GMT की बात हम करें तो देखो GMT अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है बहुत ज़्यादा उसमें मंथ वगैरह नहीं हुआ है मार्च में वो लॉन्च हुआ है रेट तो कैंडल्स हमारे पास बहुत कम कैंडल्स हैं ऐसे टाइम पे हम टारगेट निकाल सकते हैं लेकिन अप्रोक्सीमेट टारगेट होता है हमारे पास डेटा कम होता है ना कैंडल का तो इसीलिए जीएमटी अगर देखे तो ऐसा ही है प्राइसिंग वेज यहाँ पर बना रहा है ठीक है अब यूजली मैंने देखा है कि ऐसे जो होते हैं उनमें राइजिंग वेज ऊपर की तरफ ब्रेक होती है ठीक है तो यहाँ से ये यह ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है अब ये जो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी हम इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रहे तो आज हम क्लोजिंग देने का ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे और बीटीसी बेरिश है आपको पता है राइट हेलो मोहम्मद हेलो सुब्रता हायंस के नाम डाल दो फटाफट फटा चैट में जो भी आपको अनालिसिस करना है ठीक है और अब हम अगर जी की बात करें तो ये अगर ट्रेंड लाइन ऊपर की ब्रेक कर देते हैं हम ओके तो यहाँ से मेरा टारगेट GMT का ऑलमोस्ट सिक्स डॉलर तक है ये प्राइमरी टारगेट है और इसके ऊपर जाएगा नहीं ऐसे नहीं होता है ये प्राइमरी टारगेट है यहाँ तक तो हम एटलीस्ट इसको सोच सकते हैं 5.5 से छः डॉलर तक हम इसको देख सकते हैं ठीक है थीके? तो फिलहाल अगर बी बुलिश रहा तो लेकिन क्या हो रहा है ना अभी बीच में बी टी हो रहा है तो कुछ कुछ दिक्कत उसमें आ रही है ओके okay? तो एप की अगर बात करें अगर ये बुलिश होता है बहुत बार ये क्वाइंट जो है अगेंस्ट द तो मार्केट जाते तो जीएमटी जो है मैं देख रहा हूँ यहाँ से छः डॉलर के आसपास मैं टारगेट रख रहा हूँ इसका यहाँ से अगर हम ये ट्रेन लाइन ब्रेक कर दे ऊपर वाली ओके फोर पॉइंट टू अगर क्रॉस कर देंगे हम तो यहाँ से हम बुलिश हो सकते ठीक है अभी भी बुलिश है लेकिन थोड़ी दिक्कत आ रही है जी को बिकॉज कल परसों ही पम्प हुआ है सब हाय डाल दो कमेंट में जो भी लाइव है मुझे पता चले कौन कौन लाइव है हाय डाल दो कमेंट में हाय ठीक है जीएमटी का अपना ये टारगेट है ठीक है और नीचे के साइड में आप पूछोगे कि मुझे जीएमटी में कब तक रुकना चाहिए तो ये जो हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस है अपना ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो था वो अभी सपोर्ट बन चुका है राइट तो जब तक 3.2 के ऊपर है हम हम सेफ है जीएमटी में ओके आपको याद रखना है थ्री से जब तक ऊपर है इस ट्वेंटी ए में भी है नीचे की तरफ ब्लू कलर के आपको दिख रहे ना ये में भी है डेली की जब तक इस लाइन के ट्वेंटी के ऊपर है हम सेफ है जीएमटी में तो बहुत लोग जो स्पॉट के ऊपर होल्ड कर रहे हाय चंद्रा हाय हाय मानस हाय रितेश ठीक है तो ये अभी ऊपर की तरफ बुलिश केस में बोल रहा हूँ बुलिश केस फोर पॉइंट टू के बाद हम ऊपर सिक्स छह तक जा सकते हैं हम और नीचे की तरफ आप पूछोगे तो थ्री 2 के नीचे इसमें मत रखना, ठीक है फिलहाल करेक्शन कर सकता है और उसके बाद फिर करेक्शन का दो नीचे नीचे की तरफ होगा, डायरेक्ट 2.4 के आसपास हम करेक्शन कर सकते हैं इस वाले सपोर्ट पे तो ओवरऑल अगर देखो तो ये ट्वेंटी ए में के नीचे आएगा तो करेक्शन कर सकता है तो नया क्वाइंट है तो कुछ भी हो सकता है इसमें एक और सोल वगैरह भी जब नए थे तब ऐसे पैटर्न में वो ऊपर जा रहे थे तो बेटर भी बुलिश स्पॉट के ऊपर पोजिशन ले लो ओके स्पॉट के ऊपर होल्ड करना बेटर है फ्यूचर्स में इन कॉइन को ट्रेड करना अगर आपको पता नहीं है कैसे ट्रेड करना है तो थोड़ा अवॉइड करो उसमें ठीक है फ्यूचर में रिस्की होता है थोड़ा बिकॉज एंट्री आपको मिलना थोड़ा दिक्कत होती है फ्यूचर में एंट्री कब लेनी चाहिए जब ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे ये ट्राइंगल पैटर्न जैसे बन रहा था राइट तो वो ईजी एंट्री थी ऐसी वाली एंट्री अगर मिलती है फ्यूचर में तो ले लो लेकिन ऊपर ही कॉइन जब भागने के बाद आप एंट्री लेते हो ना वो गलत है यहाँ पे अगर आप एंट्री लेते थे तो बहुत अच्छी एंट्री थी यहाँ पे ओके ये ब्रेकआउट के ऊपर ये ब्रेकआउट के ऊपर ऑलरेडी मैंने कोर्सेस में अपने सिखाया है टेक्निकल एनालिसिस कोर्स ऑलरेडी है यूट्यूब के ऊपर आप कर सकते हो उसमें है ना तो वो देख लेना सारी चीजें प्राइस एक्शन आपको एटलीस्ट पता चाहिए ब्लाइंडली आप ट्रेड मत करो तो ये था जीएमटी के बारे में जी की ये कंडीशन है उसके बाद हम देखते हैं एप जो कि बहुत से लोग एप और जीएमटी को बोल रहे तो इसलिए पहले इनका एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद हम बाकी का भी देखेंगे। तो यहां पे एप में अभी हम देखेंगे क्या चल रहा है ओके? एप की अगर बात करें तो एप लिस्ट होकर 17 मार्च को लिस्ट हो है स्पॉट के ऊपर, ओके? अभी जो है बहुत ही बुलिश है ये कैंडल जो है अच्छी स्ट्रांग कैंडल है 20 एमए के ऊपर सस्टेन हो रहे यहाँ से अगर मुझे पूछोगे तो मेरा फर्स्ट टारगेट एप का अभी रिसेंट टारगेट ये हाई जब क्रॉस होगा हमारा देखो ये हाई है यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एक बार क्रॉस कर ले तो हम 33 तक जा सकते हैं ऊपर ओके 33 तक जाने के बाद अगर 33 भी क्रॉस कर ले तो 44 तक भी जा सकता है ओके पॉसिबिलिटी होती है एक एक रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करे तो आगे हम जा सकते हैं ओके तो ये टारगेट्स है ये अप्रॉक्सीमेट है इसमें आप खुद डिसीजन आपको लेना है स्टॉप लॉस लगा कर काम करना है ठीक है तो ये टारगेट जो है स्पॉट के ऊपर आप होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू होता है लॉन्ग टर्म इसमें यह जा सकता है इसे हम कंसिडर करके ही टारगेट्स लेते हैं तो फ्यूचर्स में बहुत रिस्की है ये कॉइन स्पॉट के ऊपर आप कर सकते हो ठीक है तो यहां से ये अगर ब्रेक कर दे रेजिस्टेंस तो हम ऊपर की तरफ फिर 33 की रेंज में जाएंगे और फिर 45 की रेंज में भी जा सकते हैं पॉसिबिलिटी होती है गारंटी किसी किसी कॉइन की नहीं होती लेकिन ओवरऑल बुलिशनेस देखकर मुझे लग रहा है कि होल्ड करने में इसमें पॉइंट है ठीक है फिर हम देखते हैं इसके बाद एडीए एडीए में क्या चल रहा है देखो ए डी का मैंने बोला था कि वन डॉलर के नीचे वो जा सकता है बहुत लोगों ने बिलीव नहीं किया ठीक है होता है वैसे लेकिन ओवरऑल अगर एडीए की हालत देखें तो एडीए बहुत बुरी हालत में है मैं पहले बोल चुका एडीए नीचे तक करेक्शन करेगा पॉइंट फाइव तक भी करेक्शन कर सकता है ए ओके तो ये पॉसिबिलिटी होती है जब हम ये एक बार याद रखना ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए ये वाला सपोर्ट अगर ब्रेक हो जाए तो हम पॉइंट फाइव रेंज में भी जा सकते हैं ए में ठीक है याद रखना है और ऊपर की तरफ आप पूछोगे तो जब तक हम ये वाला क्रॉस नहीं करते जब तक ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस हम क्रॉस नहीं करते तब तक एडीए में ऊपर बहुत ज्यादा बोलिश होने में कोई पॉइंट नहीं है ठीक है तो जब तक वन पॉइंट ये हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस सपोर्ट है ना मतलब अभी रेजिस्टेंस बन चुका है तो ये जो हॉरिजोनटल रेजिस्टेंस है ये वन का वो क्रॉस करना पड़ेगा उसके पहले तो डेली के ऊपर 20 ट्वेंटी के ऊपर आना पड़ेगा बहुत सारी चीजें ओके तो ओवरऑल मुझे इसमें गड़बड़ लग रहा है एडीएम में ठीक है नीचे की तरफ ये अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 0.76 का तो 0.5 के आसपास भी हम जा सकते हैं एक्चुअली उसके नीचे भी जा सकते हैं देखने गए तो पॉइंट तो फोर फिर से एडीए अपने पहले वाले जोन में चला जाएगा हम्म तो लेवल वाइज जाओ कोई भी बोल रहा है कि दस डॉलर जाएगा पचास डॉलर जाएगा जाएगा तब जाएगा लेकिन लेवल वाइज जाएगा ना एक कैंडल यहां पे बनी है दूसरी थोड़ी बनने वाली है, 100 डॉलर के ऊपर 50 डॉलर के ऊपर जाएगा तो अगर जाने लगा तब हम उसको जा सकते हैं है तो नीचे जा रहा है उसके ट्रेंड में रहो, उसके अगेंस्ट मत जाओ। ये मुझे बताना है आपको ठीक है अब एडीए का ये सीनेरियो है टू हंड्रेड के नीचे है ऑलरेडी सबको पता है कि टू हंड्रेड एमए के नीचे अगर कॉइन अटक जाता है तो हमें दिक्कत होती है राइट तो अभी ए डी ए के सिचुएशन में ये हुआ है 1.2 के ऊपर बुलिश है और सपोर्ट के ऊपर खड़ा है अभी 1.8 अगर यहाँ से बी टी सी बैरिश हो जाए तो एडीए पॉइंट फाइव तक भी जा सकता है ठीक है तो ये इसका एनालिसिस है सिंपल एनालिसिस कर रहा हूँ मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूँ आपके लिए या फिर आपको अगर चाहिए एंट्री तो अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है तो इसके बाद आप ट्राई कर सकते हो या हंड्रेड ई के ऊपर वन डॉलर के बाद आप ट्राई कर सकते हो उसके पहले नहीं ठीक है अगर फ्यूचर में कोई भी पोजीशंस आपने होल्ड की है और ऑलरेडी 40-50 परसेंट डाउन है तो क्लोज कर दो उसको ज्यादा उसके आ, उस उसके चक्कर में मत पड़ो बिकॉज बीटीसी अगर क्रैश हो जाता है तो मार्केट सारे अल्ट कॉइन को वो नीचे लेके जाता है ओके okay? तो ये आपको याद रखना है ये था एडीए का उसके बाद नेक्स्ट कॉइन हमारे पास है सब कॉइन का एनालिसिस करेंगे टेंशन मत लो एप का हो गया जिला क्यू एक बार देख लेते हैं जिला क्यू में क्या चल रहा है जिला क्यू में जिला क्यू में, जिला क्यू में अभी देखने गए तो पहले ये बुलिश था और शायद जिला क्यू में ऐसे भी होता है कि सेल ऑफ हो चुका हो राइट बहुत सारे प्लेयर्स जाके सेल ऑफ कर देते ऊपर तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है अभी जिला क्यों देखने गए टू 200 एम पे खड़ा है राइट ये ब्रेकआउट किया था ये सपोर्ट भी नहीं दे पाया रिटेस्ट के ऊपर अभी जिला क्यों अगर मुझसे पूछोगे तो बीचे, बीच में बीच इस में इसमें हॉरिजॉन्टल रेट सपोर्ट पे हम खड़े हैं अभी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के ऊपर हम खड़े तो ये स्ट्रक्चर एक जब तक ब्रेक नहीं होता नीचे की तरफ नीचे अगर स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए तो इस रेंज में हम चले जाएंगे ओके पॉइंट के रेंज में फिर से चले जा सकते हैं तो वो पॉसिबिलिटी होती है हमेशा याद रखना ऊपर वाला सपोर्ट ब्रेक हो जाए तो नीचे ही जाना पड़ता है कॉइन को बीच में कोई सब कोई एंट्री नहीं ले रहा है तो फिर पॉइंट क्या क्या ही करेगा ना कॉइन तो वो दिक्कत उसमें आती है ठीक है तो यहाँ पे तो ये अभी तक डाउन ट्रेन में ही है तो कुछ बोल नहीं सकते इसमें फिबोनाची भी डालूंगा मैं यहाँ से यहाँ तक फिवोनाची भी डालूंगा अगर अप्रोक्सीमेटली तो सपोर्ट यहाँ पे दिखाता है लेकिन हॉरिजोंटल सपोर्ट ये है अगर ये ब्रेक हो जाए तो और नीचे जाएगा ये यहाँ पे नहीं रुकने वाला तो कंसिडर कर लो पॉइंट ये वाला अपने लिए नेक्स्ट सपोर्ट है नीचे ओके तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन निकालें जिला की अभी सपोर्ट पे है यहाँ से उसमें बाउंस करना चाहिए यहाँ से अगर बाउंस नहीं होता तो हम नीचे के हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे 0.57 के आसपास हम जा सकते हैं ठीक है तो फ्यूचर में अगर कोई पोजिशन है तो धीरे धीरे अनलोड कर दो लॉस थोड़े बहुत लॉस ले सकते हो लिक्विडेशन मत करो फ्यूचर के ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ बहुत बनाए हैं उसमें आप देख सकते हो लिक्विडेशन कैसे अवॉइड करना है बहुत सारे डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है साइकोलॉजिकल वीडियोस में ठीक है है तो एडिया का ये सिनारियो है, बहुत से मैं देख रहा हूं कि लोग ऐसे कॉइन में जो पहले हो हो हो चुके और अभी डंप हो रहे क्यों होप्स के ऊपर आप रुकते हो, मुझे पता नहीं तो एनालिसिस करो थोड़ा बहुत लेवल एक बार ब्रेक हो जाए तो उसमें रुकने की रुक के फायदा नहीं वो कॉइन में अभी हम देखते हैं एक्सेस ठीक है एक की भी बहुत बुरी हालत है मैंने रिसेंटली चेक किया था ऑलरेडी 200 एमए पे हमने 200 एमए के नीचे चले आए ये वाला सपोर्ट था हॉरिजॉन्टल वो भी ब्रेक हो चुका है राइट right? तो अभी ए में बहुत ज़्यादा बोली चोकर फायदा नहीं है ओवरऑल भी फ्यूवन अगर डाल के देखिए एडीए को तो हम पॉइंट सेवन सेवन भी नहीं रुके तो नेक्स्ट टारगेट मेरे लिए सपोर्ट जो है ट्वेंटी के आसपास है तो डायरेक्टली हम ये टाइम लगता है यहाँ पर जाने में लेकिन जा सकता है पॉसिबिलिटी है ट्वेंटी डॉलर से बीस आसपास वो जा सकता है सपोर्ट लेने के लिए बिकॉज यहाँ पे कोई सपोर्ट देने के लिए तैयार नहीं है जब किसी कॉइन को कोई सपोर्ट नहीं मिलता तो वो नीचे नीचे ही जाता है लेकिन नहीं so, हो चुका है लेकिन एंट्री अगर चाहिए तो ट्वेंटी थ्री आप एंट्री उसमें देख सकते हो अभी तो इसमें आ रहा है कैंडल देखो कितनी स्ट्रॉग है तो ये नीचे ही जाएगा अभी के लिए ठीक है तो ये एक सेस में सिचुएशन है पूरा मार्केट बेरिश है हम अभी कुछ बोल नहीं सकते इसमें राइट बेरिश है तो है आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है तो ये सिचुएशन है एक में ऊपर की तरफ अगर बात करें तो जब तक ये 50 एम के ऊपर नहीं आता 50 डॉलर्स के ऊपर जब तक नहीं जाएगा बुलिश नहीं होगा ओके देखो इसमें ट्वेंटी एम के नीचे नीचे जा रहे सारे राइट तो ये दिक्कत आ रही है इन कॉइंस में तो याद रखना लेवल वाइज जाओ लेवल वाइज जाओगे तो हमेशा फायदे में रहोगे और जो लोग नए हैं उनको मैं बता दूं मेरा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है ओके सेफ ऐप है और सब कुछ अवेलेबल है कोर्स सारे कोर्सेस इसके ऊपर अवेलेबल है वो आप डाउनलोड कर सकते हो और ऐप में सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है आपको ऐप आप में अवेलेबल है कोर्सेज पेड कोर्स भी है फ्री कोर्सेस भी है सब कुछ है उसमें फ्री कोर्स टेक्निकल अनालिस कोर्स है आपको पूरा टेक्निकल एनालिसिस सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हो और एडवांस uh, कोर्स करना है जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा है बहुत सालों से या महीनों से वो भी एडवांस कोर्स कर सकते हैं तो उससे आपको फायदा होगा इंट्रा ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ मैंने उसमें कवर किया है ठीक है तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में वहाँ से डाउनलोड कर लेना ओके उसके बाद नेक्स्ट क्वेंट हम देखते हैं आई आईसीपी का अगर देखें तो आईसीपी में क्या चल रहा है आईसीपी की भी थोड़ी बुरी हालत है एक की तरह देख लेते एक बार ये जो कॉइंस है डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं तो बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर भी ये रुक नहीं रहे किसी सपोर्ट के ऊपर सपोर्ट ही नहीं ले रही है राइट तो वही दिक्कत आ रही है इनमें यहाँ से अगर ये भी कंसीडर करे तो ऑलरेडी दस से बारह डॉलर डॉलर तक भी ये जा सकता है बिकॉज आई का कुछ फंडामेंटली न्यूज़ वगैरह भी नहीं है और बहुत कुछ इसमें जो होल्ड जैसे जैसे ये फ्री आई बहुत मिले थे लोगों को ना इनिशियली तो वो लोग सेल करते चले गए यहाँ से डम्प करते चले गए तो वही अभी सेल ऑफ कंटिन्यू है तो वो नीचे भी जा सकता है तो अगर आपको बाइंग करना है तो वेट करो अगर बी सपोर्ट लेता है कहीं पर और वहाँ से बाउंस करता है तभी तो उसमें एंट्री लेना आई में अभी इसमें दिक्कत है बिकॉज सपोर्ट पे है ही नहीं और ये नया चार्ट है ना, नीचे कोई सपोर्ट लेवल भी नहीं है अपने पास तो अगर टारगेट मुझे पूछ पूछो नीचे की तरफ तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ से हम एटलीस्ट 12 से लेके 10 से 12 डॉलर के आसपास इसमें सपोर्ट लेना चाहिए ऐसे में अंदाजा लगा रहा हूँ और ओवरऑल अगर देखें तो आर भी देखें यहाँ पे नीचे तो डाइवर्जेंस बना होगा उसके ऊपर हाँ। आर एस आई के ऊपर थोड़ा डाइवर्जेंस यहाँ पे बनेगा उसके बाद ही हम उसमें एंट्री लेंगे ठीक है उसमें जल्दी कुछ मत करो अभी के लिए यहाँ पे थोड़ा डाइवर्जन भी बना है तो आप एक्यूमलेसन स्टार्ट कर सकते हो आप बारह डॉलर से लेके 10 डॉलर के बीच में या उसके भी थोड़ा 8 डॉलर के आसपास आप एक्यूमलेट कर सकते हो 8 से 12 डॉलर तक एक्यूमलेट कर सकते हो लेकिन बड़ी टाइम फ्रेम के ऊपर वाट लगी है उसकी कोई उसमें सपोर्ट देने के लिए तैयारी नहीं है उस कॉइन तो जब कभी किसी कॉइन से इंटरेस्ट चला जाता है बड़े प्लेयर्स का या फिर लोगों का तो वो धीरे धीरे सेल ऑफ होने लगता है और नीचे नीचे ही है ठीक है तो ऐसे कॉइन को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ही देखो इसमें ज्यादा उसको बुलिश होकर फायदा नहीं है तो नीचे आएगा तो बाय करो 10 डॉलर के नीचे 10 12 डॉलर के आसपास हम उसको तो बाय कर सकते हैं और होल्ड करेंगे लॉन्ग टर्म तीन से पाँच साल कम से कम हम किसी भी कॉइन को देखेंगे इसके बाद होल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है बाकी फिर एफ एक बार देख लेते और कोई कॉइन है तो कमेंट में डाल देना जो भी अभी ज्वाइन हुए वो भी कमेंट में डाल सकते हैं हम एक एक करके सारे कॉइन्स देख रहे हैं यहाँ पे FTM ठीक है FTM की अगर बात करें तो FTM भी ऊपर गया था राइट पम्प हुआ था और ये फर्स्ट वेव इसकी कम्पलीट हुई थी सेकंड वेव किया थर्ड वेव करेक्शन कर सकता है यहाँ पे और उसके बाद ही ऊपर जाएगा तो अगर और अगर ओवरऑल अगर सीनारी देखे तो जब तक बुदिश होना है आपको जब तक ये ट्रेंड लाइन हमारी ब्रेक नहीं होती इसके बाद ही हम बुदिश होंगे ठीक है ऊपर की तरफ सपोर्ट्स की बात करें तो अपना सपोर्ट यहाँ पे बनता है ये वाला रिसेंट हॉरिजॉन्टल था उसके नीचे हम जा रहे हैं अभी, अभी नीचे जा रहे हैं। तो नीचे जाने के बाद यही पे हम रुक सकते हो तो यहाँ पे एक्सपेक्ट करो यहाँ तक वो आ सकता है बडी टाइम फ्रेम के ऊपर देखे तो वही दिखेगा आपको वही पे सपोर्ट लगा है और इसके बाद जो भी आप करो ना, नहीं है बीटीसी घेरिस्ट तो करना है तो लॉन्ग में कुछ भी नहीं होता है यहाँ अभी के लिए तो, तो ये देखो यहाँ पे सपोर्ट पॉइंट है तो करना, तो करना पड़ेगा आपको बिकॉज ऑलरेडी कोई भी सपोर्ट इसको नहीं दे रहा है लास्ट सपोर्ट अभी मेरे पास ये है। ओके okay, अगर 0.73 पे सपोर्ट मिलता है तो ठीक है अच्छी बात है वहां से तो अभी जो लोग करना चाहते हो यहाँ से बाय कर सकते हैं। है ठीक है यहाँ से अगर बाइंग करेंगे तो सपोर्ट support, सपोर्ट uh, तो है और एस आई पी है और बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो लेकिन ऐसा ही करना पड़ेगा बिकॉज ऑलरेडी सपोर्ट कंटिन्यूअसली नीचे नीचे नीचे जा रहा है कॉइन तो जब तक ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होते तब तक इसमें कुछ नहीं होगा तो अभी इसके बाद जो भी ट्रेडिंग करोगे लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना किसी भी कॉइन को लेना है तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना पड़ेगा ये पॉइंट ऑफ व्यू से ही लो. ठीक है बिकॉज बहुत सारे कॉइन्स जो नए नए आए थे अभी मैंने पहले वार्निंग दी थी कि इनमें गड़बड़ हो चुकी है और वो एफ टी एम ऐसे सारे कॉइन्स ऊपर थे लेकिन अभी नीचे नीचे जाएंगे ऑप्शन तो नहीं नहीं अभी अभी सपोर्ट ही मिल रहा है लोगों ने ने उसको सेल कर दिया बड़े प्लेयर्स से ले ली और अभी मार्केट भी थोड़ा बेरिश होते जा रहा है तो, बीटीसी भी आप देखोगे तो होल्ड किया है लेवल को थर्टी एट थाउजेंड की लेवल को होल्ड किया है तो आप अनलीस, अनलीस भी देख सकते हो उसमें हमने ऑलरेडी कवर किया है ठीक है तो एफ का ये सीनारियो है बाकी फिर ENS में अगर कोई है तो 16.5 पे ये नीचे आया है तो सेल ऑफ करके आए हैं लोग एक्चुअली इसको ऊपर तो ENS में अभी सपोर्ट के ऊपर है अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता सोलह पॉइंट 16.5 के आसपास 16 के आसपास अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो वो डंप हो जाएगा फिर इसे तो यहाँ से डंप होगा तो बड़ा डंप होगा एट डॉलर तक नीचे हम जा सकते जो प्रीवियस लेवल है यहाँ तक हम जा ही सकते हैं ठीक है बुलिश ये तब तक रहेगा जब तक ये कॉइन सी डॉलर के ऊपर है सोलह भी नहीं 15 के ऊपर है तब तक ये बुलिश रहेगा उसके बाद ये नीचे चला जाएगा ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पे देखो 15.5 के आसपास जब उसके ऊपर जब तक है हम तब तक ऊपर रहेगा तो 15 कंसिडर करके चलो जब तक 15 डॉलर के ऊपर है हम बुलिश रह सकते हैं ईएनएस में उसके बाद ये बेरिश हो जाएगा ओके अभी एक बार डोज क्वन देख लेते बहुत से लोग डोज कॉइन भी पूछते एल आई की बात करेंगे तो एल देखते फिर डोज भी देख लेंगे लाइट कॉइन बोल रहे हो आप ओके देखो लाइट कॉइन हमेशा बी को फॉलो करता है तो एल की बात करेंगे तो एल का बॉटम 70 डॉलर तक भी है 70 डॉलर तक भी उसका अच्छा बेस है तो सेवनटी डॉलर तक वो नीचे जा सकता है अगर बी टी डंप हुआ था सबसे इम्पॉर्टेंट बी है बी टी सी डॉलर पर रुक जाता है तो हमारे लिए बहुत अच्छा है अगर वहाँ से नीचे चला जाए तो ट्वेंटी के ऊपर भी हम जा सकते हैं ठीक है लाइट कॉइन एक बार देख लेते हैं एल सॉरी एल टी सी देखो बी टी को फॉलो करता है यहाँ पे सपोर्ट रेंज खड़ा हंड्रेड डॉलर का सपोर्ट है उसका लेकिन डिसंबर 2020 में उसका सपोर्ट था सेवेंटी डॉलर के आसपास से हमने किया था तो December 2020 के लेवल्स पे हम फिर से जा सकते हैं सेवेंटी डॉर्स की मुझे याद है वो लेवल्स तो यहाँ तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर ये हंड्रेड का ब्रेक हो जाता है तो सेवेंटी तक हम नीचे जाना पड़ेगा हमें यहाँ पे उसका बाइंग हो सकता है ठीक है और बियर मार्केट में आप पूछोगे तो बियर मार्केट में ये सारे डंप हो जाते हैं नीचे तक तो सेवेंटी के आसपास हम उसको बाय कर सकते हैं बियर मार्केट में भी और जो हम एनालिसिस एना करेंगे या जो भी इसके बाद बाइंग करेंगे वो हमें लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना है कम से कम से से market, में होल्ड करना करना है ये पॉइंट ऑफ खड़ा था और उसके बाद डॉम्प हुआ सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड के बाद नीचे डंप हुआ वैसे ही उसके साथ नीचे नीचे जाते गए वैसे ही अभी हो सकता है तो ये याद रखना ओके? यहाँ से आप करना है, तो कम से कम तीन साल पांच साल हमें होल्ड करना पड़ेगा इस यूज करना है, है बाइंग के लिए ऑलरेडी मैंने बताया एस और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट सीरीज आप देख सकते हो उसमें सब कुछ अवेलेबल है ठीक तो है तो एल टीसी का यही फिलहाल कंडीशन है हंड्रेड डॉलर के ऊपर सपोर्ट है वो ब्रेक हो गया तो बी टी पे आएगा तो ठीक है लेकिन फिर एल सत्तर से अस्सी डॉलर पे आप एकट कर सकते हो ठीक है ओके सैंडबॉक्स का देख लेते हैं, चलो पार्थ बोल रहे सैंड बॉक्स केलेमेन ऑफी क्यू आर एस सैंड यूएसडीटी देख लेते हैं। ठीक है अगर सैंड की बात करें तो सैंड ऑलरेडी सपोर्ट पे खड़ा है ये मैंने सपोर्ट लेवल दिया था 2.3 का लास्ट वीडियो में तो वहाँ पे हम हम सपोर्ट लेकर खड़े हैं अभी लेकिन अगर ओवरऑल पिक्चर देखें तो नीचे सपोर्ट्स बहुत ही नीचे खड़े हैं राइट तो इसमें अगर डंप होता है तो बड़ा डंप आ सकता है तो प्रोवाइडेड ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है टू का इसको होल्ड करना पड़ेगा नहीं तो फिर हम वन इस दोन में भी आ सकते हैं वन से लेकर नीचे तक बिकॉज ओवरऑल अगर फिवोनाची आप डालोगे इसमें ये पूरी फिबोनाची डालनी पड़ेगी हमें बिकॉज करेक्शन रे इसमें बीसी सी वन टू थ्री फोर फाइव यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए था तो वन पॉइंट नाइन तक भी हम नीचे आ सकते हैं तो ये ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है ठीक है बहुत होप्स के ऊपर यहाँ पे गैप बड़ा है नीचे के साइड में तो ये याद रखना इसमें एक्यूमिलेशन करना है तो इस वाले जोन में एक्यूमिलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है अभी अगर पोजिशन है फ्यूचर में तो क्लोज कर दो और अगर स्पॉट पोजिशन है तो ठीक है आप वन तक रुक सकते हो ऊपर के साइड में जब हम जाएंगे तभी कुछ चीज़ें हो सकती है लेकिन ये ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है तो ओवरऑल अगर वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखें तो एक चीज़ दिखाता हूँ आपको 50 ई के नीचे आ चुके हैं हम वीकली 50 ई भी ब्रेक हो चुका है 20 50 अभी 100 ई नीचे की तरफ इसमें अवेलेबल डेटा नहीं है बिकॉज ये कॉइन उतना पुराना नहीं है राइट तो फिबोनाची डाल के भी देखेंगे तो इसलिए मैंने आपको फिबोनाची डाल के दिखा दिया कि हम उस वाले जोन तक, तक आ ही सकते हैं यहाँ पे नहीं यहां तक डालना पड़े तक हम आ सकते हैं सपोर्ट जोन है नेक्स्ट ठीक है एलिस का भी करते है एक एक मिनट एक एक करके जाएंगे कॉइंस में तो ये अगर सपोर्ट ब्रेक हो जाता है का, तो समझ लो आपको नेक्स्ट सपोर्ट पॉइंट है तो यही ऑप्शन है आपके पास ओके 0.6 से 0.7 तक वो नीचे आ सकता है इसलिए बोल रहा फ्यूचर में होगा पोजीशन तो क्लोज कर दो स्पॉट के ऊपर आप होल्ड कर सकते हो थोड़ा लॉन्ग टर्म भी हम इसमें होल्ड कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं मेटावर्स और ये अच्छी उनमें एक्टिविटी है अभी एलिस का देखते वेयर इज माई नेबर एलिस एलिस मेरे पास था लिस्ट में निकाल दिया मैंने ठीक है डाल देते हैं एलिस यूएस अगर डालेंगे इसमें मैंने इसके चार्ट के ऊपर हम्म एलिस अभी सपोर्ट के ऊपर खड़ा है अच्छा सपोर्ट है दिखा था मैं इसका मैंने देखा था एक्चुअली देखो एलिस में अभी जो सपोर्ट है यहाँ पे है यही सपोर्ट है उसके लिए वीकली के ऊपर अभी जो भी है टाइम फ्रेम वीकली पे देखना पड़ेगा डेली के ऊपर खत्म हो गया भी वीकली के ये सपोर्ट है, है तो दिक्कत आ सकती है इसको, because, आ, ये वाला बहुत अच्छा सपोर्ट है यहाँ से अगर ब्रेक हो जाएगा तो डंप हो जाता है बफर चाहिए आपको थोड़ा बहुत तो इसमें आप यहाँ तक रुक सकते हो फा, फा, फोर डॉलर तक आप रुक सकते हो उसके बाद आपको उसमें अगर पोजिशन ओपन है फ्यूचर की तो छोड़नी पड़ेगी और अगर आप लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो नीचे के लिए ये अच्छा जो है तीन से चार डॉलर तक अच्छा एकोमिलेशन है अभी हम बहुत अच्छे सपोर्ट पे खड़े हैं इसमें ओके तो ये वाला सपोर्ट मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेना ही चाहिए इसने अगर सपोर्ट नहीं ले लेता है तो फिर नीचे जाना पड़ेगा हमें बिकॉज देखो ई का सिक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने अपने टी कोर्स में भी सिखाया है ना रेड येलो ग्रीन ब्लू ये सिक्वेंस बहुत आ, बेरिज सीक्वेंस एक्चुअली ईएमएस का और डेली टाइम फ्रेम पे अगर ये सीक्वेंस बन जाता है तो उसमें टाइम लगता है कोइन को तो अच्छी बात ये है इसमें कि ये दूसरी बार सपोर्ट ले रहा है अगर यहाँ से बाउंस होता है तो बहुत अच्छी बात है देख तो फाइव फाइव के पाँच डॉलर के ऊपर मुझे इसमें सपोर्ट दिख रहा है यहाँ से हमने नीचे नहीं जाना चाहिए फाइव पॉइंट टू के नीचे चला जाए तो फिर दिक्कत आ सकती है इसमें ठीक है तो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू ही होल्ड करो इसको और नीचे देखो यहाँ तक वो बहुत नीचे इतना भी नहीं तीन डॉलर तक भी आ सकता है पॉसिबिलिटी है अगर BTC BTC 25,000 तक चला जाए, तो तो ये डॉलर पे भी आ सकता है। है, okay, तो सब कुछ BTC के है। हो गया डर देखे हम डोम आपको दिखा देता हूं मैं क्या है ना डोमिनस के ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड है आप इग्नोर करते हो ड और मैं एनालिसिस जो बताता हूँ आपको वो सारी चीजें कंसिडर करके बताता हूँ डायरेक्टली हम ब्लाइंडली इसमें नहीं फेत नहीं रखते किसी ने ट्विटर पे डाल दिया इसे करके नहीं करते एनालिसिस करके मैं सब कुछ चीजें आपको दिखाता हूँ तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने की पॉसिबिलिटी उसका वेट कर रहे थे हम अभी आज डोमिनंस थोड़ा गिर रहा है तो फोर्टी अपना लास्ट सपोर्ट है फोर्टी पे डोमिनंस सपोर्ट लेगा ओके यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है तो ऊपर की तरफ जा ही सकता है मार्केट आपको मैं डोमिनेंस में एक और चीज दिखा देता हूं। डोमिनेंस देखो हूँ जानवरी टू थाउजेंड एटीन का, का डोमिन इसके बाद यहाँ पे अभी मैं एक चीज करता हूँ यहाँ पे बीटीसी का चार्ट डाल देता हूँ तब तो आपको पता चलेगा एग्जैक्टली मुझे क्या बोलना है आ, न्यू प्राइस से सेम परसेंट स्केल जस्ट होल्ड करना एक में आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ डोमिनेंस और बीटीसी कैसे चलते हैं एक दूसरे को काउंटर करके इसके लिए मुझे कॉइन का चार्ट लगेगा देखो 2018 का ये डोमिनेंस है राइट जैसे ही मार्केट ने बॉटम किया जैसे डोमिनेंस ने बॉटम किया था यहाँ पे बीटीसी ने पिक किया था ओके ये टीसी का चार्ट है उसके बाद बीटीसी नीचे गिरता गया और डोमिनेंस ऊपर चढ़ता गया देखो कैसे कॉ है यहाँ पे जैसे ही डोमिनेंस बढ़ता गया मार्केट नीचे नीचे चलता चलता गया और यह ब्रेकआउट था यह कौन सा ब्रेकआउट था यहाँ पे टू में डोमिनस ने ब्रेकआउट किया था यहाँ पे तो जब वो ब्रेकआउट हुआ था उसके बाद ही मार्केट होने लग गया तो ये सीनारियो जो है टू थाउजेंड का ये काउट तो के बाद हम यहां से आप देखोगे यहां पर चल रहे हैं डोमिनस अभी सपोर्ट पे खड़ा है यहां से अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है और डोमिनस ऊपर चला जाए तो बेरिश मार्केट आ सकता है ठीक है तो ये कोरियलेशन याद रखना इन दोनों का अब वेट कर रहे हैं हम डोमिनेंस शायद ऊपर ही ब्रेकआउट करेगा तो लेट्स सी क्या होता है उसके बाद कोई मिस हो रहे हैं पे जो लोग लाइव है हाई कर दो ताकि मुझे पता चले आ, सेलर सेलर भी एक बार देख लेते कुछ कुछ कॉइन्स देखते देखे नहीं मैंने रिसेंटली तो सेलर की अगर बात करेंगे देखो अच्छा वैसे, लेकिन इसमें दिक्कत क्या हो रही है? से हमने ब्रेकआउट किया ये यह सपोर्ट यहां पे खड़ा है लेकिन मुझे नहीं लगता यहां ऑलरेडी ब्रेक हो रहा है सपोर्ट तो नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए पॉइंट जीरो का है अभी आपकी एंट्री मुझे पता नहीं कहां पर लेकिन ये वाला अपना सपोर्ट बहुत अच्छा था यहाँ पे ये प्रीवियस अगर देखे बॉडीज तो यहाँ पे सपोर्ट बहुत अच्छा है और उसके बाद अगर मुझे पूछोगे बहुत अच्छा सपोर्ट कौन सा है इसमें तो तो वो ये वाला है ठीक है तो दिक्कत तो हो चुकी है कॉइन में नीचे आ ही सकता है वो तो ज्यादा उसमें बुलिस रखे फायदा नहीं है पॉइंट जीरो वन सिक्स तक भी वो जा सकता है नीचे तो आपके पास ऑप्शन इतना ही कि यहाँ पे अगर फ्यूचर पोजीशन ओपन है तो क्लोज कर दो ऑलरेडी सपोर्ट पे है अगर ये ब्रेक हो जाता है सपोर्ट तीन सपोर्ट है आपके लिए ये वाला ब्रेक हो जाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट अपने लिए पॉइंट जीरो टू फाइव के आसपास है और उसके बाद नीचे आएगा ये ओके पॉइंट जीरो वन उसके वहां पर आना पड़ेगा ठीक है सुब्राता मैंने ऑलरेडी एक्सेस का किया है आप वीडियो में पीछे जाकर देख सकते हो यहाँ पे हम सेलर का कर रहे हैं अभी ये सेलर का है ठीक है तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ही कंसीडर करो इसको दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है इसके पास बिकॉज वीकली लेवल्स पे अभी सपोर्ट ढूंढना पड़ेगा डेली लेवल का टाइम चला गया अभी डेली पे कुछ नहीं होने वाला मार्केट में वीकली लेवल्स पे ही आपको सपोर्ट ढूंढने पड़ेंगे ठीक है तो ये अपने पास अभी जीरो का सपोर्ट है अक्यूमलेशन आपको अगर करना है सेलर आपको लग रहा है लॉन्ग टर्म आप होल्ड करना चाहते हो तो मैं सबसे बेस्ट आपको बताऊंगा कि यहां तक आप आपक्यूमिलेशन कर सकते हो वो zero one तक आपको पॉइंटेशन करना पड़ेगा ओके okay? तो ये पूरा कर लो ठीक है तो ये था सेलर में सपोर्ट्स याद रखना और ऊपर की तरफ मुझे अभी कुछ स्कोप नहीं दिख रहा है ऊपर जाने का जाना होगा तो मैं बता दूंगा आपको कैसे हो जाएगा लेकिन फिलहाल अभी इस वीक का कर रहा है तो इस वीक में बैरिश हूं अभी तो आपको नीचे के लेवल्स का ही बताऊंगा सपोर्ट लेवल कर ले तब तो तभी हम उसमें इंटरेस्ट लेंगे ठीक है तो ये सेलर का हो गया उसके बाद गाला रह गया है सुब्रता ने गाला बोला है तो गाला एक बार देख लेते एक भी एक बार देख लेंगे जस्ट होल्ड करना रिक्वेस्ट तो नहीं किया किसी ने लेकिन देख लेंगे एक बार के देखो गाला का मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट दिया था पहला सपोर्ट इधर था राइट वो तो अभी यहाँ से अभी नीचे पूछोगे तो यही सपोर्ट है अपने पास जीरो पॉइंट के आसपास सपोर्ट है तो थोड़ा संभल ट्रेड करना लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको अभी देखना पड़ेगा मार्केट को हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं दूसरा ठीक है तो ये हॉरिज़ॉन्टल जो सपोर्ट है यही पे अभी रुकेगा आकर वो ठीक तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना 0.115 के आसपास ही सपोर्ट लेगा उसके पहले तो कुछ नहीं है पहले का सपोर्ट था वो तो ब्रेक हो चुके यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल था ये भी नहीं सस्टेन हो पाया ये ट्रेंड लाइन भी सस्टेन नहीं हुई नीचे भी नहीं हुई ये ऑरिजोंटल सपोर्ट था ये भी ब्रेक हो रहा है तो अभी कुछ फायदा नहीं रुके जीरो पॉइंट के आसपास ही वन के आसपास ही आप उसमें रुक आपको देखना पड़ेगा उसको ठीक है तो ये सिचुएशन है गालाम है क्रिप्टोनिक uh, हैक्स आपके पास फंड्स नहीं लेकिन आप प्रैक्टिस कर सकते हो डेमो अकाउंट्स आप डेमो अकाउंट ओपन कर सकते हो आप उसमें पेपर ट्रेडिंग आप कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू में नीचे जाओगे तो ये पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन है आपको नीचे दिख रहा है पता नहीं लेकिन पेपर ट्रेडिंग ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू के अंदर तो वो एक बार एक्सप्लोर कर लेना ठीक है नीचे के साइड में वो ऑप्शन आता है पेपर ट्रेडिंग करके वो है ठीक है चाहे तो एक बार दिखा देता हूँ आपको वो यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग में जाओगे नीचे पेपर ट्रेडिंग क्लिक करो तो ये पे पेपर ट्रेडिंग है यहाँ पे आपको फ्री में अकाउंट मिल सकता है थाउजेंड डॉलर पांच डॉलर जो भी आप अकाउंट अपना टेस्ट करना चाहते हो वो डाल के आप प्रैक्टिस कर सकते हो ठीक है तो ये पे पेपर ट्रेडिंग है यहाँ पे नीचे के नीचे जाओगे आप तो आपको दिख जाएगा ट्रेडिंग रूम में ठीक है तो पेपर ट्रेडिंग करके आप प्रैक्टिस करो मैं हमेशा बोलता हूँ सबको प्रैक्टिस करना है तो पेपर ट्रेडिंग पे ही करो ठीक है तो एफ का पीछे जाके एनालिसिस देख लेना है ऑलरेडी सेलर में ये कौन था इसका गाला था सॉरी गाला में हमने देखा ऑलरेडी अभी तो गाला में ये सिचुएशन है ठीक है तो ये गाला का था एनालिसिस तो ये लेवल्स याद रखो 115 पे ही सपोर्ट है वहां पे वहां तक ये जा सकता है नीचे अभी वेट एंड वॉच करना पड़ेगा हम्म ADA का ऑलरेडी किया है एनालिसिस आप पीछे जाके चेक कर सकते हो उसके बाद विवेक कुशवाहा बोल रहे हैं आर चलो एक्स भी देख लेते हैं बहुत दिन हो गए मैंने भी एक्सआरपी नहीं देखा बस लॉन्ग टर्म होल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको तो होल्ड किया है सबने एक्सआरपी ठीक है पी क्या अगर सिचुएशन देखे तो एक्स को वीकली पे देखना पड़ेगा डेली वाला ये कॉइन नहीं है अभी हाँ एक्सआरपी अभी देखो सपोर्ट पे खड़ा है राइट तो नेक्स्ट सपोर्ट मेरे पास जो है नेक्स्ट सपोर्ट मेरे पास यही बनता है यहाँ तक वो एक्सआरपी आ सकता है एक्सआरपी की एक चीज याद रखना एक्स लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा है तो अगर एक्मलेट करना है आपको तो पॉइंट फाइव के नीचे पॉइंट फाइव से लेकर पॉइंट टू तक आप बहुत ज्यादा उसको एक्मलेट कर सकते हो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू तो याद रखना एक्सआरपी वो point, अच्छा क्वाइन है इसको लॉन्ग टर्म रखना लेकिन पूरा इसमें पैसे मत लगाना थोड़ा अपने पोर्टफोलियो में आप रख सकते हो तो ये दो ही लेवल से मेरे पास सपोर्ट पॉइंट फोर फाइव के आसपास और नीचे डायरेक्ट पॉइंट है तो आप क्या करो बाइंग लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से करो ये वाले जोन में बाइंग करना और एसआईपी आई यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं रिसेंट लेवल का पूछोगे अभी का आप इमिजिएट आपको चाहिए लेवल्स तो अभी ये सपोर्ट पे ही खड़ा है ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है बहुत सारा तो ये सपोर्ट पे ही खड़ा है ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही खड़ा है जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है तो ये सस्टेन कर रहा है एक अभी ट्रेडिंग वाला कॉइन नहीं है बिकॉज इसमें कुछ न्यूज नहीं है कुछ भी नहीं है ये अपने अपना बी जैसे मूव होता है उसके साथ थोड़ा बहुत मूवमेंटम इसमें आ जाता है बाकी इसको ट्रेडेबल ये कॉइन नहीं है जो ट्रेडेबल कॉइन है उसमें आप एंट्री देख सकते हो जैसे जीएमटी एप ये हो तो वो करना बेटर होता है रादर ये ठीक है तो तो XRP में अभी कुछ नहीं तो थोड़ा संभल के करो एक्यूमेशन पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट फोर फाइव से पॉइंट टू तक ये आएगा ही आएगा आप वहां पे उसको बाई कर सकते हो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ही करना ये ब्रेक हो जाएगा तो शायद यहाँ से हम ब्रेकआउट भी कर दे ऊपर की तरफ ठीक है अगर आपको बुलिश होना है इसमें तो बुलिश का कब होना है आपको जीरो पॉइंट ये लेवल के बाद ही बुलिश होना है इसमें ठीक है पॉइंट एट फाइव लेवल के बाद आपको बुलिश होना पड़ेगा इसमें अभी तो कुछ भी नहीं है इसमें शांत जो भी अभी ऑनलाइन है चलो हाई कर दो मुझे पता चले कौन कौन ऑनलाइन है और थम्सअप कर देना से आपने सुना और अच्छा लगा तो थम्सअप कर देना है थम्सअप का सिम्बॉल डाल देना ठीक है चलो अभी नेक्स्ट कौन सा कॉइन देखते हैं ई देख लिया हमने एफटीएम भी देख लिया जो भी लोग अभी नए ज्वाइन हुए वो देख सकते हैं पीछे जाकर कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो मुझे लाइव में कोई प्रॉब्लम नहीं ओके लाइव में क्वेश्चन डाल देना मैं रिप्लाई कर दूंगा कुछ भी हो क्रिप्टो रिलेटेड ऑलरेडी मेरा चैनल तो है आप सब्सक्राइब कर लो उसको कुछ डाउट्स है तो टेलीग्राम ग्रुप भी दिया है ऊपर वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो उसमें आप कुछ भी क्रिप्टो रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी पूछ सकते हो ओके मैं बेस्ट पॉसिबल आपको हेल्प कर दूंगा और जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो मेरा ऐप डाउनलोड कर लो ठीक है वीकेंड पे सेशंस भी लेता हूं मैं ऐप के ऊपर तो जो भी टेक्निकल एनालिसिस की क्वेरीज है वहां पे हम डिस्कस कर सकते हैं लाइव अगर आप ऐप के ऊपर हो ओके थैंक यू क्रिप्टोनिक हैक्स थैंक यू विवेक थैंक यू बूम एम ए गेमिंग थैंक यू सो मच ठीक है और XRP का ये हो गया हाँ डोज का हमें देखना था डोज एक बार देख लेते हैं चलो 15 मिनट्स तक हम ये देखते हैं उसके बाद हम क्लोज कर देंगे ओके तो जो भी है क्वेरीज क्वेश्चन फटाफट डाल देना मैं कर दूंगा ऐप का प्रिव्यू देखना है आपको तो यहाँ पे देखो ऐप ऑलरेडी ऐसा ऐप सिक्योर ऐप है उसके ऊपर सब कुछ कोर्सेस अवेलेबल है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो चाहिए तो अभी भी साइड में लिंक डाल सकता हूं मैं तो वहां से आप डाउनलोड डाउनलोड कर सकते हो ठीक है जिसको लिंक चाहिए वो यहां से ले लो ऐप के ऊपर ऑवलेज अवेलेबल होता हूँ मैं तो कोई भी क्वेरी हो वहाँ पर डाल देना ठीक है मेरा खुद का ऐप है वो सॉरी मेरे इंटरनेट का इशू हो गया था सो उसके वजह से डिसकनेक्ट हुआ